दोस्तों कैसे हो सब बढ़िया तो तो तो तो सब खैरियत होंगे आपको मैं बनाऊंगा अंडा आलू पकाना कैसे पकाते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे आलू उबाल लेंगे उबालने का बाद छीलने का, का काम करेंगे आलू छीलने के बाद हम दो प्याज काट लेंगे तो थोड़ा हरी मिर्ची बगार मारेंगे। दो अंडे हमने कलर कर लिए तल में फ्राई करके ये हमारा मसाला 10 10-10 ग्राम सब मसाला डालना है अंदर डाल दिया एक टमाटर काट के एक अंडे का चार पीस यह आलू को ऐसे बारिक बारिक कटिंग कर देना है यह हमारा आलू कट के तैयार है प्याज हो गया थोड़ा अब तो इसमें आलू डाल देंगे कटिंग करेला आलू आलू डालने के बाद इसको मिलाना अच्छा है फिर अब इसमें हम मसाला डाल देंगे ग्रीन कर लेना है इसको अब इसमें मसाला डाल दिया नमक डाल दिया धनिया पाउडर हल्दी गरम मसाला मिर्ची पाउडर 10 10 ग्राम डालना है तो चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब इस तरह की वीडियो आती रहेगी ये हमारा तैयार होने वाला बस थोड़ी देर में बस थोड़ा पानी डाल के हम कर लेंगे हिला लेंगे इसको दो तो मिनट के लिए वो हमारा तैयार है अंडा आलू बेस्ट एक नंबर है खाने में तो बहुत मजा आएगा तो थोड़ा धनिया डाल देंगे ओके